नहीं मैडम पहाड़ में गया प्यार प्यार ये लव ऑफ के कैरेक्टर में अपन शूट नहीं करता है साथ में सब सो गए गेम करो चालू कानों में पहले मैं इयरफोन डालू दिल से आई